हाँ जी अब देखो क्वेश्चन नंबर थ्री कौन सी वर्कशीट है थ्री का तो इसमें क्या बोला गया कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ डेसिमल्स कंप्यूट करना है हमने किसका ये प्रोडक्ट करना है सिंपल डेसिमल्स का समझे तो अब आप सबको मल्टीप्लाई करनी तो आती है अब देखो सिर्फ ये और कौन सी है डेसिमल्स की फॉर्म में है. इसको कैसे करना है आपने आंसर वन तो कई बच्चे ऐसे करते हैं टू को थ्री से तो मल्टीप्लाई करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे ठीक है हम ऐसे ना करके सिंपल सा पॉइंट हटा दो अभी पॉइंट को भूल जाओ ठीक है तो ये पार्ट कर रहे हैं हम तो 229 को किससे कर रहे हो थर्टी फाइव से सिंपल मल्टीप्लाई करो तो अब कितना हो जाएगा नाइन फाइव जा, 45, ठीक है नाइन फाइव ज़ा फोर्टी कैरी कितनी 4, 5 टू जॉ और फोर फोर्टीन इनटू अब थ्री को किससे करना रहे हैं नाइन से नाइन थ्री जै ट्वेंटी सेवन होते हैं ट्वेंटी सेवन कैरी टू थ्री टू जिक्स सिक्स और टू एट बस फाइव इलेवन कैरी वन ये आ गया आपका देखो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करने से क्या आया ये वन जीरो वन फाइव लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे 2.9 को किससे करो 3.5 से पहले सिंपल करना है आपने फिर क्या करना है पॉइंट को अब उठाओ पहले भूल जाओ अब याद करो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है एक पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है वन तो वन प्लस वन टू तो टू डिजिट के बाद जो आंसर निकलेगा उसमें टू लास्ट से पीछे से टू डिजिट के बाद क्या करना है आपने पॉइंट लगाना है वन टू इसके बाद यहां पर लगा देना तो आंसर कितना आ गया इसका इसको मल्टीप्लाई करने पे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करने पे, तो यहां पर कितना आ गया इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 29 को इससे 1015 को दो तो 10.15 आपका क्या है आंसर समझ रहे हो 10.15 पॉइंट क्या आपका आंसर नोट करो इसको बस यही पैटर्न लगाना है आपने अब सेकंड पार्ट में देखो सेकंड में आपने 37 को किससे कर दिया कम बारह है वन टू सेवन सिक्स है तो वन टू सेवन सिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 37 से ऐसे करो सबसे पहले लिख दिया सेवन सिक्स या फोर्टी ठीक है टू कैरी फोर सेवन सेवन या फोर्टी नाइन और फोर फिफ्टी थ्री ठीक है कैरी थ्री कैरी फाइव तो फिफ्टी थ्री का थ्री फाइव आ गया सेवन टू ज फोटीन फोर्टीन और फाइव कितना होता है फोटीन और फाइव नाइनटीन ठीक है सेवन टू जै फोर्टीन फोर्टीन और फाइव नाइनटीन कैरी वन सेवन वन जाए सेवन और एट इनटू टू थ्री को सिक्स से करो थ्री को किससे करना है सिक्स से एटीन कैरी वन सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन और एक ट्वेंटी टू ठीक है सेवन थ्री जी ट्वेंटी वन होता है और ट्वेंटी टू कैरी टू थ्री टू जिक्स सिक्स और टू एट थ्री वन जो थ्री ऐसे करते हैं समझ आ रही है तो अब सिंपल सा ऐड करना आपने टू एट को थ्री से करा कितना आएगा और ऐड कर दिया इलेवन ट्वेल्व ठीक है जी क्या एट हंड्रेड सिक्सटीन और एक सेवनटीन थ्री और एक 4 ये आपका क्या निकला मल्टीप्लाई करके आंसर ठीक है लेकिन आप सबसे पहले पॉइंट को भूले थे अब याद करना ठीक है इसको कैसे था 37 को आपने 12.76 से मल्टीप्लाई करा था इसका आंसर आ गया 47212 अब याद करो पॉइंट को पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है टू इसमें तो था ही नहीं तो दो के बाद पीछे से पॉइंट लगा देना ये आंसर आ गया आपका फोर्टी 47, सेवन ये क्या आपका आंसर ठीक है सबसे पहले सिंपल करो सिंपल के बाद जो वैल्यू आएगी उसके बाद फिर आप पॉइंट याद करो भाई हाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है इसके और इसको ऐड करके जो भी आ रहा है उसके एंड में इसको पीछे से उसके बाद डिजिट को काउंट करना उसके बाद पॉइंट लगा देना वहाँ पर ठीक है करो ये वाला भी हो गया सेकेंड कर लो नोट करो इसको थर्ड देखो थर्ड पार्ट में क्या है आपका ज़ीरो पॉइंट किसको करना है ज़ीरो पॉइंट एट फोर इंटू एट एट को एट पॉइंट एट को मल्टीप्लाई करना आपने ठीक है हम सिंपल सा कर रहे हैं 84 को 88 से मल्टीप्लाई करनी है पॉइंट को भूल जो ठीक है तो 48 एट जा कितना होता है 48 एट जा या 84 जर्टी 32 होता है कह रही थी 88 एट एटा 64 64 और थ्री 67 ठीक है 64 और थ्री कितना होएगा सेवन सिक्सटी तो ऐसे ही एट फोर जहाँ एट फोर कैरी 3 8 एट जिक्सटी फोर और थ्री सिक्सटी सेवन फटाफट ऐड पड़ कर दो 7 और टू तो नाइन तेरह एक ये आपका आ गया आंसर इसको सिंपल मल्टीप्लाई करने पे अब मल्टीप्लाई ऐसे लिख दो सेवन थ्री नाइन टू तो। अब क्या करना है आपने पॉइंट को याद करो इसके बाद कितने डिजिट है दो इसके बाद कितनी है एक तो 2 प्लस वन थ्री, थ्री होगी डिजिट पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है थ्री तो इसमें पीछे से एक दो तीन तीन के बाद जो आंसर होगा उस पर पॉइंट लगा देना वो आपका क्या है आंसर समझ रहे हो अगर आप पॉइंट के चक्कर में फसोगे यहाँ पर गड़बड़ गड़ हो जाएगी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे तो सिंपल क्या करना आपने पहले सिंपल मल्टीप्लाई करो फिर उसके बाद डिजिट को काउंट करूँ और ठीक है पॉइंट को लगा देना सेवन पॉइंट थ्री नाइन टू है हो गया नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट फोर्थ देखो फोर्थ पार्ट में क्या आपका टू पॉइंट फाइव सिक्स इंटू इलेवन पॉइंट जीरो नाइन को आपने मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो सिंपली सी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो इलेवन जीरो नाइन सिंपल पॉइंट को बोल जो इसको भी बोल गए टू हो गया ठीक है अब क्या करना मल्टीप्लाई नाइन सिक्स का कितना होता है फिफ्टी फोर ठीक है कैरी फाइव तो सिक्स जीरो जीरो जीरो प्लस फाइव आ जाएगा फिफ्टी फोर हो गया सिक्स बन जाए सिक्स सिक्स बन जाए सिक्स फाइव को नाइन से करोगे फोर्टी फाइव तो ज़ीरो फोर्टी फाइव रहेगा सिंपल सा ठीक है फाइव को नाइन से ऐसे करना इसको इससे इसको इसको इससे और इसी को इससे ठीक है तो फाइव को वन से करोगे फाइव फाइव को वन से करोगे फाइव फिर दो बार लगानी है ठीक है मल्टीप्लाई का तो अब क्या करना है इस टू को इससे इससे इससे इससे सबसे करना है टू को नाइन से करोगे एटीन यहां पर वन होगा टू को जीरो से करोगे जीरो प्लस वन वन एटीन ही रहेगा अब टू को वन से करोगे टू टू को वन से करोगे टू, टू. बस इसको एड कर देना आप फोर फोर हो गया फाइव फाइव सा टेन कैरी वन सिक्स और फोर टेन और एट एटीन और एक नाइनटीन नौ हो गया और ये कितना हो गया ट्वेल्व कैरी बन सिक्स फाइव सिक्स एट टू तो आपका कितना आ गया इसका हम मल्टीप्लाई करके टू एट टू नाइन ज़ीरो फोर इतना आया अब क्या करना है पॉइंट को याद करो जो भूले थे स्टार्टिंग में अब याद करो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट दो डिजिट पॉइंट के बाद कितनी दो डिजिट टू प्लस टू कितनी होगी टू प्लस टू फोर तो एंड में 4 के बाद पॉइंट लगा देना काउंट करो वन टू थ्री फोर इसके बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया ये आ गया आपका आंसर ठीक है जी करो नोट को. उम्मीद कर रहा हूँ जो रहा होगा ठीक है नोट करो करो करो ये देखो इसमें कितना था एडिशन में यहाँ पर 6 सिक्स ट्वेल्व एट कितना हो जाएगा 19 19 और एक कैरी 1 भी तो थी यहाँ पर ये कितना था आपका 6 और 4 10 8 18 और एक 19 19 कैरी 1 6 और 6 12 और एक 13 13 आना था यहाँ पर 3 ठीक है ये चेंज कर लो बाकी दो थ्री फाइव और टू सेवन थर्टीन ठीक है टू एट थ्री नाइन टू एट थ्री नाइन ज़ीरो फोर ठीक है बस ये एडिशन में देख लेना थोड़ा सा करो इसको नोट अब नेक्स्ट आओ कौन सा पार्ट है ये आपका फिफ्थ फिफ्थ पार्ट में देखो क्या बोला गया है फिफ्थ 12.4 को मल्टीप्लाई करो 15.7 से उसको मल्टीप्लाई करो 13.2 से तो क्या करना आपने पहले फर्स्ट टू की मल्टीप्लाई कर देना जो आंसर निकलेगा उसकी इससे मल्टीप्लाई कर देना समझ रहे हो मैं ये कह रहा आपको पहले सबसे पहले सबसे फर्स्ट टू की मल्टीप्लाई करो इन दोनों की ठीक है तो 12 सिर्फ़ 124 को 157 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले बताओ फटाफट 28 हो जाएगा 7 फोर 28। ठीक है 7 की इन तीनों से करनी है फिर 5 की तीनों से ऐसे ही सेवन फोर जैद ट्वेंटी एट कह एक एट आ जाएगा अब इस 5 की भी करनी है तीनों से इसको इससे इस से कितना होएगा? कितना होएगा बताओ जी 20 ठीक है फाइव फोर जै ट्वेंटी कैरी टू फाइव टू जै टेन और टू ट्वेल्व कैरी वन फाइव वन जै फाइव और एक सिक्स ऐसे अब इसकी बताओ वन से करोगे वन ट्वेंटी फोर आएगी ठीक है अब दो लगानी है तो वन ट्वेंटी फोर बस सिंपल सा एट आएगा सिक्स आएगा टेन और फोरटीन आ जाएगा वन आ ना जाएगा नाइन आ जाएगा वन वन नाइन आ गया इन दोनों को सोल्व करके कितना आएगा वन नाइन फोर सिक्स एट ठीक है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने अब वन थर्टी टू से ऐसे कर दो या सिंपल सा ऐसे यहीं पर कर दो वन नाइन फोर सिक्स एट को मल्टीप्लाई करा आपने वन थर्टी टू से ऐसे करना है समझ रहे हो पहले दो को मल्टीप्लाई करना जो आंसर निकलेगा उसको थर्ड से मल्टीप्लाई कर देना अब टू को एट से करोगे सिक्सटीन एक सिक्स टू सिक्स टू जै ट्वेल्व थर्टीन कैरी वन नाइन मल्टीप्लाई थ्री को इससे करोगे ऐट से ऐसे करनी है इन सब को ठीक है थ्री को सबसे फिर वन को सबसे से three को एट से ट्वेंटी फोर कैरी टू बीस कैरी टू कैरी वन टू थ्री ओ टू फाइव अब इन अब क्या करना आपने वन को इन सब से इससे इससे इससे इससे इस वन से करोगे आप वन को eight, six, four, nine, और आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया बस आपने ऐड करना है सिक्स यहां पर आएगा सेवन यहां और यहाँ पे कितना आ जाएगा सेवनटीन एट एट जैसा सिक्सटीन और सेवनटीन ठीक है कैरी वन और आठ कितना हो जाएगा छः और चार दस ठीक है एटीन और एक नाइनटीन कैरी वन एट और फोर कितना होता है हमारे पास ट्वेल्व ठीक है ट्वेल्व थर्टीन सिक्सटीन कैरी वन नाइन और टेन फिफ्टीन कैरी वन टू ये आ गया आपके पास दिस ये नंबर ठीक है तो अब इसको सिंपली लिखना है लिखो इसको इतना ठीक है ये जो नंबर आए हैं आपका अब यहाँ पर लिख रहे हैं इसको ये तो हो गया ना सारे पार्ट कंप्यूट ये वाला भी इरेज कर दो जो इसको सोल्व करके आया है ना आपका आंसर टू फाइव सिक्स नाइन सेवन सेवन सिक्स जो ये आया है अब ये नंबर लिखा अब क्या करना आपने अब पॉइंट को याद करो पॉइंट के बाद कितने डिजिट वन डिजिट पॉइंट के बाद वन डिजिट पॉइंट के बाद वन डिजिट तो वन वन वन कितना हो जाएगा थ्री तो थ्री डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना आप अच्छे से काउंट करो वन टू थ्री थ्री के बाद पॉइंट लगा दिया यही क्या आपका आंसर है कहने का मतलब है इन डेसीमल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर निकलेगा आपका ठीक है तो पहले सबसे पहले क्या करो सिंपली मल्टीप्लाई करो सिंपल उसके बाद क्या करना है आपने ये वाला प्रोसीजर अडोप्ट करना है भाई जो कर रहे हैं पॉइंट के बाद डिजिट कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद वो काउंट करो उनका सम करो और एंड में जो नंबर निकलेगा पीछे से उसके बाद पॉइंट लगा देना ठीक है तो ये थे हमारे क्वेश्चन वर्कशीट का क्वेश्चन थर्ड कि पाँच पार्ट थे फाइव पार्ट्स हमने कर लिए करो नोटिस फिर नेक्स्ट करते हैं हम ठीक है अब इसमें देखो इससे पहले हमने क्या सीखा जो हमने मल्टीप्लाई करते करी थी डेसिमल नंबर की अब इसमें डिवीजन सीखेंगे जो डेसिमल नंबर होते हैं हमारे डेसीमल की फॉर्म में उसकी डिवीजन कैसे करते हैं यही वाला कंसेप्ट देखो जैसे मल्टीप्लाई में लगाया था हमने फर्स्ट 59.049 को डिवाइड करना आपने किस से nine से तो सबसे पहले पॉइंट हटा दो यहाँ से ठीक पॉइंट हटा के कितनी यहाँ पर डिजिट है काउंट करो पॉइंट के बाद थ्री तो नीचे थ्री डिजिट लगा दो ठीक है जी लगा दी अब इसके बाद क्या करना आपने अब सिंपली डिवाइड करना है इसको इससे बाज़ फिर डिजिट बाद में देखेंगे अब डिवाइड करो इसको इससे फाइव नाइन को फाइव नाइन ज़ीरो फोर नाइन को आपने डिवाइड करना किससे नाइन से नाइन की टेबल आती है तो यूज़ करो नाइन सिक्सर फिफ्टी कितना बचेगा 5 अब जीरो 95 फाइव ज फोर्टी फाइव रिमाइंडर फाइव ठीक है ये ये अब 4 उतार लो यहां पर 54 होता है नाइन सिक्स ये 9 को उतारो 9 वन जा नाइन होता है ठीक है आगे तो इसको को कैंसिल करने पे कितना मिला हमको फाइव नाइन जीरो फोर नाइन डिवाइड बाई नाइन इंटू थाउजेंड था एनजी टी सी लिख दो इसको इसको कैंसिल करा हमने सिक्स फाइव सिक्स तो अब आंसर क्या आएगा सिक्स फाइव सिक्स वन डिवाइड बाई थाउजेंड है तो अब बताओ मेरे को इसको कैसे लिख सकते हो सिक्स फाइव सिक्स वन लिख के अब डिजिट कितनी थी थ्री अब बताओ कितने के बाद पॉइंट लगेगा पीछे से तीन के बाद एक दो तीन इसके बाद ये क्या आ गया आपका आंसर कंसेप्ट सबसे पहले सिंपली डिवाइड करना ठीक है ऐसे कर दिया तो अब क्या करना है इसको इसको बस सिंपल इसको डिवाइड करके ये लिख दिया ऐसे है? तो अब क्या करना आपने इसके बाद सिंपल सा थाउजेंड आपको डिजिट का तो पता है नीचे जीरो तो कैसे यूज़ करते हैं ये आंसर आ गया आपका करो नोट सेकंड पार्ट देखो इसमें सेकेंड पार्ट में क्या है 6.4 डिवाइड बाय 0.2 ठीक है तो अब क्या कै, कैसे करना है ध्यान से सुनना इसको पॉइंट को हटाओ यहाँ से पॉइंट को हटाया तो कैसे लगेगा इस पॉइंट को हटा दिया इसको भी हटाएंगे तो यहाँ पर 64 आया नीचे कितना आएगा पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी एक तो नीचे 10 आ जाएगा होल डिवाइड बाय ये ज़ीरो था ना ठीक है ये पॉइंट पॉइंट हटा के टेन आ गया ये पॉइंट हटा के यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन क्योंकि एक डिजिट है अब एक फार्मूला होता है ए अपॉन बी होल डिवाइड में सी अपॉन डी कभी भी दिखे आपको फ्रैक्शन में तो ए अपॉन बी जो ऊपर की चीज़ होती है वो एज इट इज़ इनटू जो ये नीचे डिनोमिनेटर में है तो इसको क्या हो जाएगा डी अपोन सी उल्टी हो जाएगी तो इसके ऊपर भी ये लगेगा फार्मूला ठीक है कैसे ऐसे ऊपर वाली एज इट इज सिक्सटी अपॉन 10 एज इज़ इन जो चीज़ नीचे है उल्टी हो जाएगी 10 अपॉन टू ज़ीरो जीरो इसका मतलब है टू ही है ठीक है तो ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हमने ये वाला बस कैंसिल करो 10 से 10 कैंसिल 2 के टेबल में 32 आपका आंसर आ गया ठीक है 32 कर लो नोट करो इसको अब क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट देखो इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला गया आपसे थर्ड में 0.015 को आपने डिवाइड करना है थ्री से सबसे पहले पॉइंट को हटा दो कितनी ज़ीरो लगेगी तीन डिजिट है तो थ्री इसके पॉइंट के बाद अब सिंपल सा आपने क्या करना है 15 बचा ऊपर डिवाइड बाय थ्री इन टू थाउजेंड है ऐसे कर दो इसको अब थ्री फाइव सा कितना होता है फिफ्टीन तो ऊपर फाइव नीचे क्या है आपका थाउजेंड ऊपर फाइव आपको पता है फाइव एज इट इज़ लिख दो अब डिजिट काउंट करो थ्री है ठीक है नीचे तीन जीरो है अब यहाँ से एक दो तीन तीन के बाद पॉइंट लगेगा ज़ीरो सुंदर दिखने के लिए ये तो आपको पता ही है ना जो नहीं होती वैल्यू तो ज़ीरो ज़ीरो यूज़ करते हैं हम उसकी जगह कर ये क्वेश्चन था आपका ये कौन सा है थर्ड अब आ गया फोर्थ फोर्थ पार्ट देखो इसका इसके फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है जीरो पॉइंट जीरो वन फोर को डिवाइड करो किससे से ट्वेल्व से पॉइंट हटा दिया कितनी डिजिट है थ्री तो कितनी जीरो लगेगी थ्री लग गई ऊपर कितना बचा फोर्टीन जीरो जीरो तो कैंसिल हो जाती है कोई मतलब ही नहीं होता इसका तो ठीक है ऐसे ही होता है ना जीरो जीरो जीरो वन होगा तो वन ही होता है तो फोर्टीन डिवाइड बाई ट्वेल्व इन नीचे गया है इन थाउजेंड ये है अब इसको कैंसिल करो टू सिक्स ज ट्वेल्व टू सेवन ज फोर्टीन होता है सेवन अपिड करो फटाफट ठीक है तो सेवन पॉइंट सिक्स को हमने डिवाइड करा सिक्स को यहाँ सेवन सिक्स वन जिक्स सेवन ये बहुत पॉइंट लगा दिया सिक्स वन जै फोर सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स फोर सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स फोर तो ऐसे चलता जाएगा ये पैटर्न मतलब सिक्स सिक्स सिक्स ये इस हिसाब से ये क्या होगा चलता जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वन पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन सिक्स बार जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या आ जाएगा बार आ जाता है ठीक है तो अब इसको सोल्व करके ठीक है इसको क्या आ गया हमारे पास 7.6 को सोल्व करके आ गया 1.16 बार नीचे के आपके पास थाउजेंड ठीक है अब क्या करना है जो पॉइंट हटाओ इस पॉइंट को हटा दो कितनी डिजिट थी दो दो का मतलब हंड्रेड लगेगा इक्वल टू अब क्या है वन वन बार नीचे डिजिट काउंट करो जीरो काउंट करो एक दो तीन चार पांच अब पांच के बाद क्या लगेगा आपका पॉइंट लग जाएगा आंसर आपका एक दो तीन चार पांच ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन वन सिक्स बार ये क्या आपका आंसर है कहने का मतलब है जब आप इसको डिवाइड करोगे फोर्थ पार्ट में इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे ये आंसर आएगा ठीक है तो ये तो डिवाइड करना बताया था इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है रफ में कर लेना इसको चाहे बस ये आपका फाइनली आंसर है ठीक है ये कौन सा पार्ट था फिफ्थ पार्ट करो अब सिक्स्थ पार्ट करते हैं सिक्सथ पार्ट सिक्सथ में क्या बताया गया आपसे 51.51 को डिवाइड करो किससे 0.17 ज़ीरो से जो अभी सीखा हमने इसको पॉइंट को हटा दो 51.51 है .51 ना इस पॉइंट को हटा दो कितना आ जाएगा 100 होल डिवाइड बाय 0.17 था इस पॉइंट को हटा दो कितने 100 ऐसे लिखते हैं अब अभी फॉर्मूला बताया था इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मे भी थर्ड में फोर्थ में यूज था हमारे पास ठीक है कौन सा था हमने फिफ्थ पार्ट नहीं करा मे भी ठीक है इससे पहले फिफ्थ कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट पार्ट फिफ्थ फिफ्थ में देखो क्या है जीरो पॉइंट ज़ीरो टू फोर सेवन टू डिवाइड करना आपने किसको इसको इससे जीरो से ठीक है तो अब कैंसिल करो फटाफट यही रूल लगेगा पॉइंट हटाया ठीक है पॉइंट हटा के क्या आएगा जीरो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है जैसे पॉइंट यहाँ पर था एक दो तीन चार पाँच तो नीचे टू फोर सेवन टू डिवाइड बाय इसको पॉइंट को हटाया कितनी ज़ीरो फाइव होल डिवाइड बाय ये वाला ये वैल्यू समझ रहे हो इसको हम मैंने ऐसे लिखा है इसको पॉइंट को हटा दिया नीचे था ये लगा दिया अब ये नंबर ऐसे था इस पॉइंट को हटाया कितना आ जाएगा नीचे तीन जीरो थाउजेंड बस इसको सॉल्व करना अपने अब कैसे करना ऐसे ये तो फिफ्थ भी हो गया हमारा एक सिक्स्थ पार्ट है सिक्स्थ को यहाँ लिख लो 51.51 वन पॉइंट डिवाइड बाई जीरो है यह कौन सा पार्ट है? आपका सिक्स्थ पार्ट है इसमें देखो फटाफट क्या लिखा गया है 2472 को 2472 को आपने डिवाइड करने किससे कर दिया था ऐसे यही रूल लगेगा तीन चार पाँच पाँच ज़ीरो लगेगी Into, into क्या होगा हमारे पास into, ये बताया था पहली एज इट इज़ लिखते हैं इन करके ये वाला थाउजेंड थाउजेंड डिवाइड बाई क्या आएगा जो ये वैल्यू होती है एट समझ रहे हो बस कैंसिल करो थ्री ज़ीरो से थ्री जीरो कैंसिल कर दो कर दिया अब एट के टेबल में ये कैंसिल करो एट वन जै एट एट से कितना होता है एट थ्री जै ट्वेंटी फोर ठीक है और एट नाइन जै अब 39 तो आएगा नहीं यहाँ पर जीरो आएगा क्योंकि पूरी डिजिट कैंसिल होगी ठीक है तो अगर 309 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा 309 को अगर 8 से कर रहे हो ठीक है 2472 तो इसको इसको कैंसिल करने पे ये आ गया तो आपका आंसर कितना है इसका फाइनली 309 कहने का मतलब है जब सोल्व करा आपने इसको इसको इसे कैंसिल करा तो ये आंसर आ गया ठीक है तो ये कौन सा पार्ट था आपका फिफ्थ अब सिक्स्थ पार्ट देखो सिक्स्थ सिक्स्थ पार्ट में देखो सिक्स्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं आपको ये फिफ्थ हो गया आपका बिल्कुल इजी है सिर्फ आप कंसेप्ट को ध्यान में रखना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिक्स पार्ट देखो सिक्स पार्ट में फाइव डिवाइड करो कि इससे से जीरो से अब क्या करना अपने पॉइंट को हटाना है यहाँ से ठीक है तो 51.51 डिवाइड बाय यही था ना अब पॉइंट हटा दिया नीचे कितनी डिजिट जीरो कितनी आएगी दो है तो दो सौ लगा दिया होल डिवाइड बाय अब 17 है 0.17 को पॉइंट हटा दिया नीचे कितनी 100, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी दो वो चेक करते हैं उतनी ज़ीरो लगाते हैं अब वही रूल ए अपन बी होल डिवाइड बाय सी अपॉन डी का ए अपॉन बी वाला एज इट इज रहता है जो वैल्यू थी एज इट इज इन जो नीचे की है ना डिनोमिनेटर में वो क्या हो जाती है रेसी प्रोकल तो 100 डिवाइड बाय 17 इतना समझ जा रहा है देखो अब क्या है दो जीरो 100 से 100 कैंसिल 17 मंजा 17 17 थ्री ज फिफ्टी होता है 17 थ्री जॉ फिफ्टी होता है तो आपका आंसर कितना आ गया इसका थ्री तो आपका क्या हो फाइनल आंसर तो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी कंप्लीट हो गया उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे समझ आ रहे हों तो क्वेश्चन जो ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे लग रहे हों तो इस वीडियो को शेयर करना लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ